रीवा के मऊगंज स्थित दूध मनिया पहाड़ पर ग्रामीण को नरकंकाल मिला जिसकी सूचना ने ने पुलिस पुलिस को दी मामले की जांच शुरू कर दी है ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने बिखरे हुए नरकंकाल को इकट्ठा कर तत्काल एफएसएल को बुलाया बताया जा रहा है कि 3 अक्टूबर को गुम हुए 22 वर्षीय युवक विकास गिरी के रूप में कंकाल की पहचान हुई है कंकाल के बगल में मृतक का, का कपड़ा पड़ा हुआ मिला जिसमे आधार कार्ड भी मिला था उसी से कंकाल की पहचान हुई है यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि जंगली जानवरों ने कंकाल को क्षतिग्रस्त कर दिया है जिस कारण से कंकाल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। ये अक्टूबर माह में एक व्यक्ति गुमा हुआ था उस समय भी उसके परिजनों के द्वारा कुछ आशंका व्यक्त की गई थी तो पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास भी किए गए थे जिन लोग पर संख्या थे उनसे पूछताछ भी की गई थी आज जब पुलिस को खबर मिली तो ये दुदमनिया के पास जो जंगल है उस एरिया में उसका शौर मिला था और उसकी पहचान हुई इसके पास जो कपड़े थे कपड़ों के जेब में उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे उस डॉक्यूमेंट्स से पहचान हुई ये विकास गिरी नाम का यही बंदा है जो अक्टूबर माह में घुमा था और जो छुया के पास का रहने वाला है और ये लगभग अक्टूबर माह में घूमने के बाद से इसके परिजनों के साथ में पुलिस ने लगातार प्रयास भी किए थे